और से सुनिएगा जी अपनों के लिए लिखा है कि जब अपने पराए हो जाएं तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि जब अपने पराए हो जाएं तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो जहा कहीं भी मरवाए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता